महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही थी उसने केशव से पूछा हे केशव हम दोनों पक्ष ही सगे सम्बन्धी है क्या यह युद्ध करना उचित है इसका परिणाम क्या होगा तब केशव ने कहा पार्थ कदाचित यह युद्ध उचित नहीं है किंतु अगर तुम पर कोई वार करे तो तुम क्या करोगे तो क्या तुम उसका जवाब नहीं दोगे और अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो तुम परोपकारी नहीं कहलाओगे बल्कि एक बुजदिल और कायर कहलाओगे इसलिए तुम पर कोई भी वार करता है उसका जवाब देना तुम्हारा कर्म है तुम्हारा कर्तव्य है तो तुम अपना कर्तव्य करो फल की चिंता मत करो फल तो तुम्हारी किस्मत देगी और किस्मत भी तभी जागती है जब तुम अपना कर्म करते हो महाभारत की इस घटना का सार बस इतना था कि अगर कोई आपका अहित चाहे तो उसका विरोध करो फिर चाहे वो कोई आपका अपना ही क्यों न हो उसका विरोध करना आपका कर्म है